आपका हमारे चैनल में स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं अनुसूचियों के बारे में यानी भारत के संविधान में जितने भी अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उसमें आठ अनुसूचियाँ थीं लेकिन वर्तमान में है वो इनकी संख्या बढ़ करके है वो बारह हो चुकी है तो आइए बारह अनुसूचियों के बारे में हम ट्रिक के माध्यम से वर्णन से फटेंगे तो आइए शुरुआत करते हैं हम पहले ट्रिक से दोस्तों ट्रिक याद रखनी है आपको स्पोर्ट्स यानी स्पोर्ट्स अगर नाम आपने याद रख लिया तो आपकी छः अनुसूची हैं वो कलियर है उसे कोई भी नहीं रोक सकता तो दोस्तों एस से शुरू करते हैं ऐस से स्टेट यानी स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश है वो फर्स्ट अनुसूची में यानी प्रथम अनुसूची में रखा जाएगा दो नंबर है पी एस पी पी से पेमेंट यानी दोस्तों अधिकारियों का वेतन है जितना भी वेतन है अधिकारियों का वो वेतन अनुसूची दो में रखा जाएगा अगला तीन नंबर है ओ, ओ से ओथ ओथ याद रखिए आप अधिकारियों की शपथ यानी ओथ का मतलब होता है शपथ तो अधिकारियों की शपथ है वो तीन नंबर अनुसूची में रखी जाएगी अगली चार नंबर रहेगी हमारी R यानी स्पोर्ट्स में R है तो R से राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो चार नंबर अनुसूची में है यानी एस सी और एस का प्रावधान कहाँ पर है तो स्पोर्ट्स में टी कहाँ पर है तो एस आता है एस आता है फिर एस के साथ में हम एस लेते हैं सी लेते हैं तो एस सी और एस का प्रावधान कितने में हो गया पांच नंबर अनुसूची में दोस्तों स्पोर्ट्स के अंतिम में एस आता है तो ये इस एस से आप याद रखिए एस से स्पेशल और एस से स्टेट यानी स्पेशल स्टेट है जो पूर्वोत्तर भारत के एस सी का प्रावधान है वो स्पेशल स्टेट में है तो आपको स्पेशल स्टेट है वो याद करने के तरीके बताए जाएगी तो आप स्पेशल स्टेट याद रखने की ममता नाम याद रखिए एम एम टी ए यानी ममता नाम आपको याद है तो आप स्पेशल स्टेट को बता देंगे कि जिनको एस सी का प्रावधान है तो एम से आप याद रखिए मणिपुर मणिपुर और सेकंड एम से याद रखिए मिजोरम और टी से आप त्रिपुरा याद रखिए त्रिपुरा और ए से आप अरुणाचल प्रदेश याद रखिए यानी दोस्तों भारत के नक्शे में हम देखेंगे तो जो पूर्वी राज्य है यानी चार राज्य रखे गए हैं मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश जिनको एस सी का प्रावधान है पूर्वोत्तर भारत की एस सी का प्रावधान ममता यानी ममता के ये चार राज्य है इसमें आपको एस जी का प्रावधान है तो दोस्तों अब हम सात नंबर अनुसूची की बात कर लेते हैं सात नंबर अनुसूची है हमारी सात नाम लिखेंगे आप हिंदी में हिंदी के वर्ड में लिखेंगे तो सात यानी सह से शुरू हो रहा हो से सूचिया यानी सूचियां है जो केंद्र राज्य सम्बन्ध वो सात नंबर अनुसूची में रखी जाएगी सात से सूचियाँ सूचियाँ सात से याद रखिए आप सात नंबर अनुसूची में सूचियाँ आठ नंबर आप सभी जानते होंगे हर एग्ज़ाम में लगभग एग्जाम में आपको मिलेंगी भाषाओं का प्रावधान किस अनुसूची में है तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप ये हमेशा याद रखिएगा कि भाषाओं का प्रावधान है वो आठ नंबर अनुसूची में है तो आपका लगभग क्वेश्चन है वो यही आता है हर एग्जाम में लगभग यही आता है कि भाषाओं का प्रावधान किस अनुसूची में है तो आठ नंबर अनुसूची आप याद रखिएगा अगले हमारे नौ नंबर क्वेश्चन जो नो नंबर अनुसूची है वो रहेगी नो से नो चैलेंज यानी नो आप शब्द बोल रहे हैं नो नो यानी नो चैलेंज नो से आप नो चैलेंज याद रखिये तो नो चैलेंज का प्रावधान इसमें है जो न्यायालय का नो निरस्त भू राजस्व क्षेत्र है उसका प्रावधान है नौवीं अनुसूची में आप इसका देखेंगे नोट लगा कर लिखा हुआ है कि प्रथम संविधान संशोधन उन्नीस में ये अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों हमने आपको बताया था कि निर्माण के समय आठ ही अनुसूची थी तो अब जितनी भी अनुसूची आगे जोड़ी गई हैं वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई है ये भी आपको साथ में बता रहे हैं तो नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो प्रथम संविधान संशोधन उन्नीस के तहत जोड़ी गई थी अब हम 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10 आप लिखेंगे 10 10 से दय और दय से दल बदल दोनों में दय इसमें है और इसमें भी है तो 10 में वर्ड में भी नय है तो 10 से दल बदल और ये बावनवें संविधान संशोधन उन्नीस के तहत 10वीं अनुसूची दल बदल जोड़ी गई है तो दोस्तों 11 नंबर सेकंड लास्ट अनुसूची है ग्यारह नंबर पंचायती राज यानी पंचायती राज और नगरीय स्वशासन ये दोनों एक साथ आप याद रखेंगे तो याद रहेगी वरना आप 11 नंबर किसी को 12 नंबर किसी को देंगे तो 11 नंबर पंचायती राज याद रखिए और नगरीय स्वशासन याद रखिए 12 नंबर तो दोस्तों 11 नंबर अनुसूची है वो तेतरवें संविधान संशोधन 1993 के तहत इसमें जोड़ी गई है और बारह नंबर है वह चौहत्तरवें संविधान संशोधन उन्नीस के तहत जोड़ी गई है दोस्तों वो एक है इक्यावन और यह है बावन और यह तेहत्तर और यह है चौहत्तर आप इस तरह याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहने का चांस रहेगा तो इसमें आप इक्काम पचासी त्रेनवे और चौन में। इस तरह आप याद रखेंगे तो ये अनुसूचियाँ आपको याद हो जाएगी दोस्तों ये अनुसूचियाँ की ट्रिक आपको कैसी लगी वीडियो का आप लाइक ज़रूर कर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ट्रिक्स आपको आगे की वीडियो में भी मिलेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें